मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगाके बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठाके यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना नाद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफस